आप आके खड़ी हो सकती सकी क्लोजर टू यू शायद आप जो सोच रहे हैं hmm? सर क्या आपने एक गाने के बारे में सोचा? सोचा इन्होंने एक पुराना गाना सोचा है, hmm. कोई नया गाना नहीं है यार, अब गड़बड़ होने लगी है भाई। माइंड दिस इज वॉट ही वॉन्ट बी टू रॉन्ग गैस इट्स नॉट एन एक्साइटिंग सॉन्ग ये वाली बात है। कौन हम्म कहा शुरू कहा खत्म राइट